दोस्तों कैसे हो एंड गुड मॉर्निंग सुबह सुबह का दिन है और मैं अभी आया हूँ फैक्ट्री में हूँ You kissed me <laughs> in the backseat <laughs> of a taxi, and <laughs> we said things <laughs> that <though> were cheesy, but <laughs> we meant them. <laughs> They were feelings, so and now you deny it. <laughs> you're in love with the idea of me, but you're not. The sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wishes that we never met, but you act like we never met. Got you wasted in the bathroom of your parents. You're not. भाई अभी छोटे वाले है। भी वाले में जाना आ, अपनी फैक्ट्री में और अब जाऊंगा यहां से नोएडा नोएडा वाली फैक्ट्री में जाऊंगा नोएडा वाली फैक्ट्री में अभी चलते हुए फिर बात करेंगे और फिर शाम को खाली तो होकर वीडियो एडिट करना है वीडियो एडिट करने के बाद कल सुबह वीडियो आ जाएगी अभी रात के सा दस हो रहे हैं मैं अभी काम काम कम्प्लीट किया हूँ और काम कम्प्लीट करके अभी चलता हूँ और मिला हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉक में गुड नाइट सबर एंड चाहन बंदी मातरम हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में